नमस्कार स्वागत अभिनंदन दिनांक 23 दिसंबर के दैनिक राशि फल के इस कार्यक्रम में मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए सोमवार तेईस दिसंबर का दिन कैसा रहेगा इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे साथ ही साथ दर्शकों आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कि हमारा दिल्ली आगमन हो रहा है जो भी दर्शक 28 उनतीस तारीख को दिल्ली में मिलकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं आप लोग मिलकर के विश्लेषण करवा सकते हैं आज के पंचांग पर दृष्टि डाल लेते हैं पंचांग पाँच अंगों से मिल करके बना होता है ये पाँच अंग कौन कौन से तो तिथिवार नक्षत्र योग करण विक्रम संबंध दो हज़ार छिहत्तर सख पौष माह चल रहा है कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी और हमने आपको बताया था दर्शकों कि दोपहर एक बजकर इकतालीस मिनट तक की द्वादशी तिथि और द्वादशी में मसूर का सेवन नहीं करना चाहिए इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि लग जाएगी त्रयोदशी को बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए ब्रह्मा व्यवर्थ पुराण में लिखा हुआ है सूर्योदय होगा प्रातः छः बजकर पचपन मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को पाँच मिनट पर इसके अलावा सोमवार दिन रहेगा नक्षत्र रहेगा विशाखा इसके उपरांत अनुराधा नक्षत्र रहेगा करड़ रहेगा तैतिल इसके उपरांत गर और अंतिम करण रहेगा ये रहेगा वरिज योग रहेगा जो है धृति योग रहेगा शुभ काल पर आ जाते हैं तो अभिजीत मुहूर्त का जो समय रहेगा ये सुबह ग्यारह बजकर चौवालीस मिनट से बारह बजकर तक रहेगा इसमें आप लोग शुभ कार्यों को कर सकते हैं सुबह नौ से लेकर के और दस बजकर अड़तालीस मिनट तक का जो समय रहेगा ये काल का रहेगा इसमें भी आप लोग शुभ कार्यों को कर सकते हैं सोमवार का राहु काल रहेगा आठ बजकर तेरह मिनट से लेकर के नौ बजकर तीस मिनट तक की तो राहु काल का आज आपको विशेष ध्यान देना रहेगा साथ ही साथ दर्शकों आपको बताना चाहेंगे चंद्रदेव तुला राशि में चलायमान रहेंगे सुबह ग्यारह मिनट तक की इसके उपरांत वृश्चिक राशि में आ जाएंगे सूर्यदेव धनुराशि में संचरण कर रहे हैं दिशा पर आ जाते हैं सोमवार दिन रहेगा तो पूर्व दिशा की ओर दिशा रहेगा पूर्व दिशा की ओर यदि आपको यात्रा करनी हो तो आप दर्पण देख करके यात्रा करिएगा और कुछ मीठा खा करके तब यात्रा करिएगा और पहले पश्चिम की ओर चार पक चलिएगा तब पूरब की ओर जाइएगा मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों का क्या कुछ रहेगा हाल तो बढ़ते हैं हम अपने पहली राशि पर राशिफल की जो पहली राशि आती है ये आती है मेष राशि तो देखिए मेष राशि के जातकों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा आज के दिन अधिक संवेदनहीनता प्रत्येक कार्यों में हानि करा सकते है। आज आप हर किसी को परिवार की शांति आपके स्वास्थ्य के कारण कुछ भंग हो सकती है भाई बंधु अपनी बात मनवाने के लिए गलत व्यवहार करने से भी नहीं चुके परिवार में किसी के आकस्मिक बीमार पड़ने के कारण भागा दौड़ी करनी पड़ सकती है उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो देखिए आज भगवान भोलेनाथ पर आपको दूध से ओम नमः शिवाय मंत्र से अभिषेक करना रहेगा शुभ कलर रहेगा वाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा साथ वृषभ राशि के जातकों तो आज आपकी संतान के साथ अच्छा समय बीतेगा आज आप लोगों को जो है सरकारी दस्तावेजों पर आंख बंद करके सिग्नेचर नहीं करना है आज का दिन धन लाभ लेकर क्या है जो लोग व्यापार करते हैं उनको धन लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कॉन्फिडेंस लेवल आज आपका बढ़ा रहेगा और आज व्यापार में आपको सफलता मिलेगी प्रातःकाल में कुछ दिनों से टल रहे कार्यों को करने की आज, आज आपके जल्दी रहेगी मध्यान्हन का समय आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा और आज जीवन साथी के साथ संबंध आपके बड़े मधुर रहेंगे बहुत ही अच्छे संबंध रहेंगे नौकरी पेशा जाता किसी जटिल कार्य को लेकर के आज परेशान हो सकते हैं परंतु आज इनके जो है सहयोगियों के साथ सहायता मिलने पर ये कार्य को पूर्ण कर लेंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज आप लोग महामृत्युंजय मंत्र की एक माला करके तब घर से निकलिएगा शुभ कलर रहेगा नीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा चार जेमिनी मिथुन राशि क्या कुछ कहते हैं आज आपके सितारे तो आज आपका जो है दिन एवरेज रहेगा ठीक ठाक रहेगा घर एवं बाहर परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेंगे कार्य क्षेत्र पर भी सुविधा अनुसार ही कार्य जो है करेंगे कार्य विस्तार के मूड में आज बिल्कुल नहीं रहेंगे बीच बीच में आज अकारण ही आप दूसरों के ऊपर क्रोध करेंगे जिससे हो सकता है आज आपका किसी से झगड़ा हो जाए सरकारी कार्यों में ढील देना हानिकारक रहेगा प्रतिस्पर्धी भी आज आपकी मनोदशा देख करके आपके जो है मतलब उसका जम फायदा उठाएंगे परोपकार की भावना आज आपके अंदर निहित होगी और आज का दिन वाहन सावधानी पूर्वक चलाने का रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज गाय को आपको कुछ मीठे चावल वगैरह आपको खिलाने हैं दूसरा आपको उपाय ये करना रहेगा कि यदि हो सके तो आज शिवलिंग पर आपको जा करके जल में चीनी डाल लीजिएगा उसके बाद अभिषेक करिएगा ओम नम शिवा मंत्र से शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो कर्क राशि क्या कुछ कहते हैं आज आपके सितारे तो आज के दिन आपके अंदर चंचलता अधिक रहेगी किसी भी बात पर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे आज आसपास के लोगों को परेशानी हो सकती साथ ही आज आपकी प्रतिष्ठा भी कम होगी कार्यक्षेत्र पर भी विचार आज आपके निरंतर बदलेंगे जिससे सही निर्णय आप लोग नहीं ले पाएंगे लाभ क्या आए हुए अवसर आज आपके हाथ से निकल सकते हैं आज मन को एकाग्र करके आप जो है लाभ कमा सकते हैं अध्यात्म में आज, आज आपकी जो है रुचि बहुत ज़्यादा रहेगी मन आज, आज आपका इधर उधर नहीं भटकेगा पारिवारिक वातावरण आपका ठीक रहेगा लेकिन आज आपके पिता से कुछ बात विवाद हो सकते हैं वाहन सावधानी पूर्वक चलाने की सितारे सलाह दे रहे हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आप लोगों को प्रयास ये करना रहेगा कि शिव चालीसा का आपको पाठ करना है दूसरा शिव तांडव स्त्रोत जो है इसको आपको पढ़ना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज वाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है ग्रहों के राजा की राशि अर्थात सिंह राशि तो सिंह राशि के जात को आज के दिन सम्मान और हानि की संभावना अधिक रहेगी प्रत्येक कार्य विशेषकर सामाजिक क्षेत्र पर जो है अत्यंत सावधानी बरतिएगा किसी के कहे में आकर कोई अनैतिक कार्य मत करिएगा आज देखिए आप लोग जो है जेल यात्राओं का योग भी बन रहा है तो किसी के प्रलोभन में आकर के किसी भी प्रकार के जो है घूस इत्यादि यदि आप सरकारी क्षेत्र में हैं तो मत लीजिएगा अन्यथा बहुत विवादों में आज, आज आप फंसेंगे व्यावसायिक क्षेत्र पर भी आज, आज आपको लाभ कम मिलेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिए आज आप लोग गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करके तब घर से बाहर निकलिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज रेड और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा सात हमारी जो अगली राशि आती आती है कन्या राशि तो कन्या राशि के जातकों आज आपके विरोधी आपके प्रयासों को विफल कर सकते हैं जल्दबाजी में धन का निवेश ना करें और ना ही आज आप किसी को उधार दें अन्यथा आज आपका पैसा डूबता हुआ दिखाई पड़ रहा है घर में आज मौन जो है रह करके आ, कई तकरारों से आज आप बच सकते हैं इसके साथ साथ आज के दिन लाभ और हानि बराबर रहेगी किसी के ऊपर आवश्यकता से अधिक निर्भर रहना आपको हानि करा सकता है कार्य व्यवसाय में आज किसी से धोखा मिलने की भी संभावना है इसलिए सतर्क रहिएगा व्यवसाय आशा के विपरीत रहेगा फिर भी बीच बीच में थोड़ा बहुत धन प्राप्त होने से आपके कार्य चलते रहेंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आप लोगों को प्रयास ये करना है कि पीपल के वृक्ष पर जाना है और जल अर्पण करना रहेगा कोशिश कीजिएगा जल में चीनी जरूर डाल लीजिएगा मिश्री डाल लीजिएगा मीठा जल अर्पण आप लोगों को करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा हरा और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा साथ तुला राशि के जात धैर्यता का आज आपको परिचय देने के सितारे सलाह दे रहे हैं आज क्रोध के भी कई प्रसंग आपके बनेंगे जो संबंधों में कटुता ला सकते हैं घर की शांति आज आपकी अचानक भंग हो सकती है आज का दिन आपके लिए सरकारी कार्यों के लिए विशेष लाभदायक रहेगा किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता अथवा रुके हुए कार्य आज आपके अवश्य ही आगे बढ़ेंगे व्यवसाय में आज लाभ की संभावना रहेगी लेकिन आज किसी से के लड़ाई झगड़े में आपको नहीं पड़ना है किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है वाहन सावधानी पूर्वक चलाने के सितारे सलाह दे रहे हैं उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो आज आप लोगों को प्रयास ये करना है कि शिवलिंग पर दही से अभिषेक करना है साथ ही साथ किसी महिला को आज आपको मीठी चीजें जैसे चीनी हो गया बताशे हो गए मिश्री हो गई इनका आपको दान करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा नीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा नौ वृश्चिक राशि आज आर्थिक विषयों को लेकर नई समस्याएं बनेंगी जिनका समाधान होने में समय लग सकता है कार्य क्षेत्र पर उदासीनता रहने से धन की आमद कम रहेगी नौकरी पेशा जातक अथवा महिलाएं मनोकामना पूर्ति ना होने से मन जो है मन से कार्य करेंगे बीमारियों पर आज आपका पैसा खर्च होगा शारीरिक समस्याएं शाम के बाद प्रबल रहेंगी अधिक मसाले वाले भोजन से जंक फूड से आज, आज, आज आपको परहेज करना रहेगा विद्यार्थी वर्ग को भी परिश्रम का उचित परिणाम आज नहीं मिलने से मन में दुविधा होगी और मन दुखित रहेगा किसी से धन संबंधी वादे ना करें फिजूल खर्च पर भी आपके नियंत्रण करिए तो बेहतर रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज किसी को कुछ जो है उल्टा सीधा मत बोलिएगा और घर में जो आपके बुजुर्ग होंगे उनको दंडवत प्रणाम करिए साथ ही साथ आज आप लोगों को गाय को कुछ मीठा खिलाना रहेगा जैसे मीठा चावल हो गया आपका या बताशा हो गया या रोटी में शक्कर डाल करके आप लोग खिला सकते हैं ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करेंगे आपके सभी काम बनेंगे शुभ कलर आपके लिए रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा एक जी हाँ धनु राशि के जातकों आज का दिन थोड़ा उठापटक वाला रहेगा आज आपकी सेहत प्रातःकाल से ही नरम रहेगी मन अकारण ही अशांत रहेगा भावुकता भी आज आपके स्वभाव में अधिक रहेगी जिससे अन्य लोग आपकी भावनाओं का गलत लाभ उठा सकते हैं किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा करना आपके जो है विश्वास में हानि कराता हुआ दिखाई पड़ रहा है धन संबंधित व्यवहार देख जो है आज तब लोगों से डील करिएगा अन्यथा आज आपका पैसा कहीं फँस सकता है आज आपका व्यवसाय आशा के अनुकूल नहीं रहेगा लेकिन आज आपका खर्च अधिक रहेगा जिससे आपका आर्थिक संतुलन बिगड़ सकता है काल का समय अच्छा, अपेक्षाकृत आपके लिए ठीक रहेगा आराम का रहेगा मनोरंजन के तमाम नवीन साधन उपलब्ध होंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आपको प्रयास ये करना रहेगा कि भोलेनाथ पर आज आपको जो है तिल के तेल से अभिषेक करना रहेगा दूसरा ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार आपको जाप करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा नौ कैप्रिकॉन जी हां मकर राशि के जातकों के लिए आज के दिन क्या कहते हैं तो आज के दिन आपको जो है किसी नए रिश्तों में बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कोई नए प्रेम संबंधों में जो है आज आप लोग बन सकते हैं नए प्रेम की प्राप्ति होगी भाग्य आज आपका जो है भरपूर साथ देगा का जिसके कारण रुका हुआ जो धन है ये आपको मिल सकता है कार्य क्षेत्र में किए गए प्रयास आज आपके सफल होंगे पारिवारिक सदस्यों की कार्यक्षेत्र पर आज आपको सहायता मिलेगी जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे सरकारी कार्यों में कुछ बाधा आने की संभावना रहेगी फिर भी उच्चाधिकारियों के सहयोग से इसे आप पार कर लेंगे उपाय के तौर पर आज करना रहेगा तो देखिए आज कोशिश कीजिएगा कि जात को मीठा चावल आपको क्या कुछ कहते हैं आज आज आपके सितारे तो आज के दिन आपका मुख्य लक्ष्य अधिक से अधिक धन कमाना रहेगा व्यवसायिक कार्य निर्बाध रूप से चलते रहेंगे आय के एक से अधिक इनकम जो है सोर्स ऑफ इनकम बनेंगे और आज शारीरिक समस्याएं कुछ आपको आ सकती है इसके बिना प्रवाह किए आज आप लोग अपने कार्यों में लगे रहेंगे आज सरकारी क्षेत्र में आपको कोई बहुत बड़ा पद या कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है धन लाभ आशा के अनुरूप होगा आज आपके कार्यों में कुछ व्यवधान आएंगे लेकिन इनको अपनी सूझबूझ से आप लोग सुलझा सकते हैं पराक्रम में वृद्धि होती हुई आज दिखाई पड़ रही है नौकरी पेशा जा बेहतर कार्य के लिए आज पदोन्नत हो सकते हैं घरेलू वातावरण कुछ शंका के कारण खराब हो सकता स्त्री वर्ग से आज, आज आपकी नाराजगी हो सकती है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज कोशिश कीजिए दुर्गा सप्तशती के नौ अध्याय का आपको पाठ करना रहेगा साथ ही साथ दर्शकों आज कीला कवच अर्गला और सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का भी आप लोग पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्लैक और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा तीन बातें हम अपनी अग, जो है अगली राशि अंतिम राशि भी इनको बोलते हैं और मीन राशि मीन राशि के जात को क्या कुछ कहते हैं आज आपके सितारे तो आज के दिन आप जोड़ तोड़ की नीति अपनाएंगे कार्यक्षेत्र पर भी किसी से समझौता करना पड़ सकता है एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय में निवेश हानि आज हो सकती है इसके विपरीत यदि पूर्व में आपने कोई निवेश किया हुआ है तो इसमें आज आपको धन लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आर्थिक कारणों से किसी से भी आज, आज आपका झगड़ा हो सकता है शांत व्यवहार से काम चलाइएगा का। स्वभाव में आज आपके कामुकता अधिक रहेगी विपरीत लिंग के प्रति जल्दी आकर्षण होगा और आज यात्राओं का योग भी बन रहा है गृहस्थ जीवन में सुख के साधन पर अधिक खर्च होगा स्त्री संतान का सुख आज आपको प्राप्त होगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज आपको प्रयास करना रहेगा नारायण कवच का आपको पाठ करना रहेगा साथ ही साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्राउन और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक दो और अंक सात तो दर्शकों कैसा लगा हमारा यह राशिफल कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए और दिल्ली में 28 और 29 तारीख को हमसे मिलना ना भूलिए जाते जाते आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके विदा लेते हुए इस उम्मीद के साथ कि कमेंट बॉक्स में आपने अब तक जय श्री राम का उद्घोष जरूर कर दिया होगा दीजिए इजाजत अब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम A badi daisy.